हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप YouTube पर सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको टैलेंट से ज़्यादा दिमाग लगाना होगा और मैं आपको दिमाग लगाने की क्यों बोल रहा हूँ ये आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर से देखना तभी आपको अच्छे से समझ आएगा कि यूट्यूब पर आपको किस तरह दिमाग लगाना है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अमित बडाना की एक नई वीडियो आई है और उस वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल है फादर साहब और अमित बडाना ने जो इस वीडियो का टाइटल रखा है तो इस वीडियो के टाइटल में बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया गया है बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर इस वीडियो का टाइटल फादर साहब रखा गया है इस टाइटल की वजह से उस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि टाइटल की वजह से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो पर टाइटल की वजह से ज़्यादा व्यूज़ कैसे आएंगे तो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले जाना है यूट्यूब पर और यूट्यूब पर जाकर आपको फादर साहब लिख सर्च करना है तो जब आप यूट्यूब पर फ़ादर साहब लिख सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो आएगी और उस वीडियो पर 308 मिलियन व्यूज़ हैं मतलब इस वीडियो को लोग सर्च करके देख रहे हैं और अमित बडाना की और इस वीडियो में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों वीडियोस का टाइटल फादर साहब है मतलब कोई अगर इस 308 मिलियन वाली वीडियो को सर्च करेगा तो साथ में अमित बड़ाना की वीडियो भी सर्च में आएगी इसी वजह से अमित बड़ाना ने भी अपनी वीडियो का टाइटल फादर साहब रखा है या फिर आप ये बोल सकते हो कि अमित बड़ाना ने इस वीडियो का टाइटल कॉपी किया है तो अब आप समझ गए होंगे कि अमित बड़ाना ने अपनी वीडियो का टाइटल फादर साहब क्यों रखा है तो उन्होंने अपनी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज लाने के लिए और अपनी वीडियो को सर्च में लाने के लिए वीडियो का टाइटल फादर साहब रखा है और इस चीज़ से आपको ये सीखने को मिलता है कि YouTube पर वीडियो का टाइटल कितना इम्पोर्टेंट होता है और ये आपको जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर यूट्यूब टिप्स देते हैं उनमें से कोई भी इस तरह की जानकारी आपको नहीं बताता है तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं आपके लिए यूट्यूब से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ और भले ही आप किसी भी कैटेगरी की वीडियो बनाते हो लेकिन आपको अपनी वीडियो का टाइटल थोड़ा दिमाग लगाकर लिखना है तो जिस तरह से अमित बडाना ने अपनी वीडियो के टाइटल में दिमाग लगाया है कुछ इसी तरह से आपको भी अपनी वीडियो के टाइटल में थोड़ा दिमाग लगाना है क्योंकि YouTube पर सक्सेस होने के लिए जितना आपके अंदर टैलेंट होना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी YouTube पर दिमाग लगाना है तो कहने का मतलब ये है की आप बिना दिमाग लगाए यूट्यूबर नहीं बन सकते हो तो आज की इस वीडियो में बस इतना हिलते है। हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में